दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है क्योंकि शनिवार दिन रहेगा तो पंचांग के बारे में हम आपको जानकारी देंगे पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता ये है ये पांच अंग हैं तिथि वार करण, वार रहेगा शनिवार पाँच अक्टूबर विक्रम संबत् 2076 जो है और सख संबत्त उन्नीस सौ नामक संबत्सर चल रहा है सूर्योदय हो होगा प्रातः छः पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच मिनट पर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 दशरथ के शनि स्रोत का पाठ आपको करना है और दुर्गा जी के बत्तीस नामों को भी आपको जपना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आज आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा वहीं मिथुन राशि के जातकों आज परिवार के साथ आपको ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा रिश्तों में नवीनता आएगी व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे आप यदि कुछ दिनों से पेट संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो आज आपको उससे राहत मिलेगी खुद को आज आप बेहतर महसूस करेंगे बच्चों के साथ कहीं घूमने की योजना बनाएंगे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज तरक्की के नए अवसर मिलेंगे आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे साथ ही किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बन सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग जब गाय को रोटी खिलाइएगा तो उसमें मूंग रख लीजिएगा तब रोटी खिलाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम कर्क राशि के जातकों आज आप मित्रों के साथ किसी लंबे टूर पर बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं जो आपकी अधूरी इच्छा थी ये आज पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही है आज आप कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी छात्रों को यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आज इनका मन लगेगा आज उचित मेहनत करेंगे और उचित दिशा में आपको सफलता हासिल होगी जिन लोगों का कपड़ा जो है कपड़े से रिलेटेड व्यापार करते हैं उन्हें आज मुनाफा हो सकता है लोहे से संबंधित भी यदि कोई काम आप लोग करते हैं तो आपको आज उसमें लाभ होने की गुंजाइश है आज, आज आपको अपनी वाड़ी पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं दूसरों के मैटर में आज आपको अपनी टांग अड़ाने से बचना चाहिए उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा मां दुर्गा के समक्ष एक देसी घी का आप लोग दीपक अर्पित करिए और दुर्गा सप्तशती के दसम अध्याय का आपको पाठ करना रहेगा सारी दुख मुसीबतें आपकी कम हो जाएंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साफ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा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 कन्या राशि के जात को आज समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी पुराने रोगों से आज आपको छुटकारा मिलेगा आज आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़ने का मन बना सकते हैं आज आपके कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में अच्छे लोगों का नाम जुड़ेगा किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज आपकी मुलाकात होगी सफलता आपके कदम चुनेगी ऑफिस में जूनियर आपके काम करने के जो है तरीके से बड़े प्रसन्न रहेंगे आज आपसे हर कोई प्रभावित दिखेगा जो लोग मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं आज उनके लिए काफी अच्छा दिन रहने वाला है बिक्री में इजाफा होगा आज आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी आपके बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन दशरथ कृषि शनि स्रोत का आपको पाठ करना रहेगा और शिव मंदिर में आपको जल में तिल डाल करके ओम नम शिवाय मंत्र से अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा तुला राशि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 तो आज आप छोटी छोटी बातों में जो है किसी से लड़ झगड़ बैठेंगे आज वाहन दुर्घटना की योग बन रहे आज आपका मन शांत नहीं रहेगा नई चीज़ों पर विचार कर करते करते आज आप किसी से अचानक ही झगड़ पड़ेंगे आप धन हानि होती हुई दिखाई पड़ रही जीवन साथी के साथ आज आपके रिश्ते बेहतर नहीं रहेंगे ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए किसी मामले में आज आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है प्रातःकाल से यात्राओं के योग बन रहे और ये यात्राएं भी आपकी अच्छी नहीं रहेंगी कोई सामान इत्यादि भी आज आपका यात्रा में चोरी हो सकता है आज उच्च अधिकारियों के सामने यदि आप जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपने डिब्बा पर आप लोग काबू रखें बहुत ज़्यादा ना बोलें मंदिर में कपूर का दान करिए और कोशिश कीजिए दुर्गा जी के 32 नामों का आज मानसिक जाप आप लोग दिन भर करते रहिए माता रानी सब कुछ ठीक करेंगे देखिए जो ग्रह नक्षत्र सितारे आते हैं ये उन्हीं के अधीन आते हैं तो आपको जो है बस वो एक ईश्वर की शरण में जाना है उनसे आपको जो है अगर किसी का भी समय खराब चल रहा हो हम केवल वृश्चिक राशि की बात नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए माँ दुर्गा की आराधना क्योंकि सारे गृह नक्षत्र सितारे ये सब उन्हीं के अधीन हैं शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा धनु राशि तो आज आपका दिन उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आज आपको भरपूर यश मान सम्मान की प्राप्ति होगी हर तरीके के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी चंद्रमा क्योंकि आपकी राशि में चलायमान है जीवन साथी से कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आज, आज आपको मिल सकता है आज कोई वाहन क्रय करने का भी योग बन रहा है आज अपने किसी काम की नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपने पिता या पिता तुल्य लोगों से आप लोगों को राय लेनी चाहिए समर्थन लेना चाहिए जिसमें आपको जो है मतलब उनके एक्सपीरियंस के बल पर आपका काम जल्दी पूरा होगा जो कोई मैकेनिकल इंजीनियर है इनके काम आज आसानी से पूर्ण होंगे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि पीपल के वृक्ष पर जल में गोल डाल करके आपको अर्पण करना रहेगा क्योंकि शनि की चाहे साथ चल रही है और दशरथ के शनि स्रोत का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा कैप्टिकॉन मकर राशि तो मकर राशि के जातकों आज रोजमर्रा के कामों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं किसी परिवार वालों की मदद से आज आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आज आपको अपने शिक्षक से टीचर से विशेष सहायता मिलेगी पेट से संबंधित कोई पुरानी बीमारी आज उभर करके सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है आज किसी काम में आपको अपनी ऊर्जा शक्ति और कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा आज आपको अननोन सोर्सेस से धन लाभ हो सकते हैं पूर्व में किए गए निवेश आज आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे आज किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है कार्य क्षेत्र में भी आज आपका डंका बचेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए कि आज के दिन आप लोग सुंदरकांड का पाठ करिए और हनुमान जी को आज बेसन से जुड़ी हुई कोई जो है व्यंजन का या मिठाई का आपको भोग लगाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा वहीं कुंभ राशि के जातकों आज आप खुद को गर्व से भरा हुआ महसूस करेंगे दूसरे लोग भी आज आपके काम की खूब तारीफ करेंगे ऑफिस में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आज आ सकती है उसे बाखूबी निभाएँगे आज आपको अपने जीवन साथी से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है इस राशि के वकीलों के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है आज आपके काम की गति तेज़ होगी वकालत से रिलेटेड कोई बिजनेस है या आज आप जज हैं तो आज आपका भाग्य अच्छा साथ देगा आज आपके ज्ञान और अच्छे विचारों में बढ़ोतरी होगी उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर दूध में शहद डालकर के ओम जूम सह मंत्र से आपको अर्पण करना रहेगा सब कुछ अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण अंतिम राशि पर आगे बढ़ते हैं मीन राशि तो मीन राशि के जातवा प्रातःकाल से ही लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है आज आपके धन संबंधी परेशानियों का हल निकलता हुआ नजर आ रहा है आज आपका कोई दोस्त आपकी परेशानी को सुलझाने में मदद करेगा घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा परिवार वालों के साथ आज आप कहीं बाहर मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं इसी काम के प्रति आपकी कोशिशें सफल रहेंगी सेहत के मामले में भी सब कुछ बेहतर रहेगा थायराइड से रिलेटेड कोई पुराना रोग उभर सकता है उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा आज आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे कुल मिलाकर करके आज आपका दिन शानदार रहने वाला है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग जो है हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए और दशरथ के चलित का पाठ भी आज आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा